ज़िंदगी में हर इंसान का कोई ना कोई कुछ ना कुछ सपना ज़रूर होता है कुछ लोगों के सपने बड़े आसानी से बड़े जल्दी ही पूरे हो जाते हैं कोई बाप दादा से करोड़पति होता है तो किसी का लकी ड्रॉ लग जाता है कोई रातों रात, रात करोड़पति हो जाता है तो किसी को कुछ किए बिना ही सब कुछ मिल जाता है लेकिन कभी भी हम जैसे मिडल क्लास लोगों को बिना मेहनत के सक्सेस कभी नहीं मिलती हमारे साथ कभी कोई चमककार नहीं होता हमारे लिए कभी कोई लकी ड्रॉ काम नहीं करता हमारे लिए कोई कभी सपोर्ट के लिए खड़ा नहीं होता हमें कभी भी कोई भी चीज़ बिना मेहनत के हासिल नहीं होती हमें हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है हर चीज़ के लिए कोशिश करनी पड़ती है हर तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है एक मुसीबत हमारी ख़त्म होती नहीं कि दूसरी मुसीबत आ जाती है हमें रातों की नींद को कुर्बान करना पड़ता है चाहे दिन हो या रात तबीयत ठीक हो या ख़राब हर हाल में बस लगे रहना पड़ता है बिना कुछ किए हमें कभी कुछ हासिल नहीं होता हमें कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है और कभी हमें सक्सेस हासिल नहीं होती हमें सक्सेस को अचीव करना पड़ता है